गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश करें तो पिछले चुनाव के समय किए गए वादों को सरकार बनने के बाद पूरा करने के प्रमाण स्वरूप उन हितग्राहियों को जरूर साथ लेकर आएं जिन्हें लाभ मिला है या फिर झूठ बोलने के लिए माफी मांगे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जबलपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा की उन्होंने कहा मुस्लिमों ऐसी बैर नहीं आतंकियों की खैर नहीं उन्होंने कहा आरएसएस प्रमुख का मस्जिद में जाना इस बात का सबूत है कि हम हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं हैं है। कार्रवाई कर इंदौर उज्जैन से आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को अरेस्ट किया गया है शुक्रवार को उन्हें पेश करके रिमांड मांगा जाएगा एटीएस और एन आई ए के द्वारा ऑपरेशन कल इंदौर और उज्जैन में किया गया था देश में कई जगह पीएफआई की गतिविधियों पर एनआईए के द्वारा कार्रवाई की गई है उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन भी शामिल है चार लोगों को कल एटीएस ने गिरफ्तार किया है एक अब्दुल करीम अब्दुल साजिद मोहम्मद जावेद और मोहम्मद जमील ये वो उज्जैन के हैं बाकी तीन इंदौर के हैं इन तीनों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है इसकी यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आज उन्हें पेश करके अदालत में रिमांड मांगा जाएगा प्रारंभिक जानकारी में भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देना ब्रेन वॉश करना इस तरह की चीज़ें आई मिश्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी बताएं कि यात्रा के दौरान उन्हें भारत कहां से टूटा हुआ दिखाई दिया उन्होंने कहा दुर्भाग्य की बात है कि चार साल में एक राष्ट्रीय पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई अभी भी जिसको अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हो रहा है वो बनने के लिए तैयार नहीं है और जो तैयार हो रहा है उसे बनाना नहीं है नामांकन लेने सब जाएंगे बाद में सब मान जाएंगे आप ही कह रहे हो कांग्रेस बिखर रही है तो मैं क्या कहूँ उनको कांग्रेस जोड़ो अभियान प्रारंभ करना चाहिए तो शायद ठीक रहेगा वैसे राहुल गांधी जी अभी मध्य प्रदेश में जब आएँ तो उनको कहाँ भारत टूटा हुआ दिखा ये ज़रूर बताएं इतनी लंबी यात्रा करने जो भारत जोड़ने निकले हैं तो टूटा हुआ कहाँ दिखा था जिसको वो अभी तक जोड़ आए या यात्रा जब समाप्त हो तब बताएँ कि फलानी जगह टूटा दिखा था मुझे